वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद जौनपुर की पुलिस टीम जो थाना सुजानगंज की पुलिस पार्टी और थाना प्रभारी के द्वारा अपना अपराध नियंत्रण के क्रम में अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान बीती रात थाना सुजानगंज अंतर्गत उमरपुर नहर पुलिया के पास कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश दीपक यादव के पैर में गोली लगी है और इसी बदमाशों के बीच से ही अन्य तीन अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनके कब्जे से थाना सुजानगंज अंतर्गत एक जो लूट की घटना हुई थी उस घटना में लूटी हुई एक प्लेटिना मोटरसाइकिल एक लूट लूटी हुई एमआई कंपनी का मोबाइल सेट ये बरामद हुआ है और थाना सिंगरा में हुई लूट में सात हज़ार पाँच सौ रुपये भी इसी इन्हीं अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ है इनके पास से दो तमंचा तीन सौ पंद्रह बोर दो खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस तीन बोर भी बरामद हुआ है इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण जो पुलिस की कार्यवाही है ये हुई है जिसमें ये सराहनीय कार्य किया गया है और एक अच्छे लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और दो लूट की घटनाएं एक थाना सुजानगंज में जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटी गई थी और दूसरा जो सिंगरा में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें चेन छीनी गई थी जिसको बेचकर इन्होंने उसके पैसे बना लिए थे इसको भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई